इंदौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक डॉक्टर ने मुर्गे की बांग से परेशान होकर थाने में शिकायत ने थाने पर शिकायत मुर्गे का पालन करती है और सुबह सुबह मुर्गे की आवाज की वजह से उनकी नींद खराब होती है वही डॉक्टर की शिकायत को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मुर्गे की मालिक को समझाइश दी है क्या मुर्गे की आवाज से किसी की नींद खराब हो सकती है एक जमाना था जब सुबह मुर्गे की बांग से लोग जाते थे लेकिन अब वही मुर्गे की बांग एक डॉक्टर की परेशानी की वजह बन गई है जिसकी शिकायत डॉक्टर ने थाने में भी की है उनके घर के पास एक महिला द्वारा डॉग और मुर्गे का पालन किया जाता है हर दिन सुबह पांच बजे मुर्गा बांग देता है जिसके कारण डॉक्टर मोदी की नींद में खड़ा उत्पन्न हो रहा है जिससे वे परेशान है इसको लेकर डॉक्टर मोदी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है डॉक्टर आलोक मोदी का कहना है कि उनके घर के पास एक महिला ने कई सारी मुर्गियां पाल रखी हैं और रोजाना सुबह सुबह मुर्गे चिल्लाने लगते हैं डॉक्टर मोदी ने बताया कि काम की वजह से वह देर रात घर लौटते हैं कई बार ऑपरेशन के चलते लेट हो जाते हैं और जब उनके सोने का समय आता है तभी मुर्गे की बांग से उनकी नींद टूट जाती है वहीं थाने पर शिकायत आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है इस मामले में पुलिस का कहना है कि वह पहले दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश करेंगे और अगर मामला नहीं सुलझता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है थाना प्लासिया में डॉक्टर आलोक मोदी के द्वारा एक लिखित में शिकायत की गई है कि इनके पड़ोस में मुर्गा वगैरह पाला जा रहा है और अन्य जानवर भी पाले जा रहे हैं जिसके कारण इनको काफ़ी परेशानी होती है जब ये रात में आते हैं या अर्ली सोते हैं उसी समय जो है मुर्गा बाग देता है और ये आवाज़ के कारण चिल्ला के चिल्ला चोट के, के कारण उनको नींद सही से नहीं आती है आवेदन प्राप्त कर लिया गया है इसमें पुलिस की तरफ से पहले तो यह है कि समझाई दी जाएगी कि इस प्रकार से पब्लिक मिशन न किया जाए जिससे कि अन्य किसी को परेशानी होती है